नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों मैं संदीप कुमार शर्मा आपका होस्ट आपका दोस्त आपका साथी हाजिर हूं आज पहली मुलाकात के लिए दोस्तों बातें बहुत हैं सोचता हूं कहां से आरंभ करूं मित्रों देश को आजाद हुए आज सत्तर वर्ष से अधिक हो चुके हैं लेकिन ये कहते हुए अत्यंत खेद होता है कि पाश्चात्य देशों का प्रभाव भारतीय संस्कृति भाषा और सभ्यता पर लगातार बढ़ता चला जा रहा है यदि आप देखें तो आज की नई पीढ़ी जिस प्रकार अंग्रेजी भाषा का प्रयोग अपनी पर्सनैलिटी को दर्शाने के लिए करती है यह भी एक चिंता का विषय है यदि किसी छात्र को स्टेज पर कुछ बोलने के लिए कहने के लिए भेजा जाए तो अंग्रेजी भाषा में वह अपने आप को सहज कॉन्फिडेंट महसूस करता है वहीं दूसरी तरफ यदि उसे हिंदी में कुछ कहने के लिए कहा जाए तो बच्चा हिचकिचा जाता है हम किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं मित्रों हमें इसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है हमारे देश में चिल्ड्रंस डे मदर्स डे फादर्स डे जैसे त्यौहार तो मनाने का चलन लगातार बढ़ता चला जा रहा है ऐसा प्रतीत होता है कि एक पिता मानो अपनी जिम्मेदारियों और अपने कर्तव्यों का सारा एहसास सिर्फ चिल्ड्रंस डे वाले दिन ही याद कर पाता है या निभाता है बाकी दिनों में माता पिता अपनी जिम्मेदारियों को निभाते ही नहीं हैं क्या यह सही है क्या आप इस तर्क से सहमत हैं हमें इसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है सोचने की आवश्यकता है यदि आपको याद हो तो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आज से 128 वर्ष पहले अपना धार्मिक व्याख्यान हिंदी में दिया था हम भारतीयों को आज भी उन पर गर्व है यदि हम देखें संपूर्ण विश्व में 140 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां पर हिंदी का पठन पाठन किया जाता है हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी जब विदेशी यात्रा पर होते हैं तो वहां पर वह सिर्फ हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे होते हैं चाहे वह संयुक्त राष्ट्र संघ को संबोधित कर रहे हों, या किसी अन्य संगठन में बैठे हों। हमने इससे क्या सीखा हमने इससे कुछ नहीं सीखा हमें सीखने की आवश्यकता है अरे हम तो पहले पैदा ही विद्वान हुए थे भाई यदि हम दूसरे देशों की ओर नजर दौड़ाएं तो हम देखते हैं जापान में जापानी भाषा का चलन है चाइना में भाषा भी प्रचुर मात्रा में बोली और समझी जाती है हम देख सकते हैं कि भारतीयों को ही अपनी भाषा को पीछे छोड़कर अंग्रेजी भाषा को अपने विकास का आधार क्यों बनाना पड़ रहा है यदि हम देखें तो हर देश ने अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति अपनी भाषा को ही अपने विकास का आधार बनाया है तो अवश्य ही हम भारतीयों को भी पुनः सोच विचार की आवश्यकता है कि हम अंग्रेज़ी को प्रोफेशनल भाषा माने और हिंदी को पर्सनल शायद आप समझ पा रहे होंगे कि मैं किस ओर संकेत कर रहा हूँ कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि अंग्रेजी हमारी काम की भाषा हो सकती है लेकिन मेरे मन की भाषा नहीं मेरे मन की भाषा सदा हिंदी ही रहेगी मुझे बड़ी पीड़ा होती है जब लोग मुझसे पूछते हैं तुम क्या करते हो और मैं बताता हूँ कि मैं विद्यालय में हिंदी का अध्यापक हूँ तो वह उपहास करते हुए हंसते हैं अच्छा हिंदी बढ़ाते हो अच्छा बहुत अच्छे लेकिन हिंदी का इतना स्कोप नहीं है अब अगर आपको बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो अंग्रेजी को अपनाना ही पड़ेगा तुमने गलती की तुम अंग्रेजी में अपना लक्ष्य निर्धारित करते तो अवश्य आज तुम कुछ बड़े व्यक्ति बन जाते दोस्तों ये विचार सुनकर अवश्य ही मेरे अध्यापक मन को बहुत कष्ट पहुंचता है जब लोग मेरे द्वारा दिए गए हिंदी के क्षेत्र में 10 वर्षों को मात्र क्षण भर में मिट्टी में मिला देते हैं नेस्ता नाबूद कर देते हैं और अंग्रेजी भाषा को अपनाने की बात कहते हैं क्यों हिंदी हिंदुस्तान की राष्ट्रीय भाषा नहीं है हिंदी की ये दयनीय स्थिति किस कारण से हुई है मेरी वजह से आपकी वजह से या हम सबके बदले हुए नजरिए के कारण आप क्या सोचते हैं क्या हमें इस पर पुनः विचार करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों क्या हम भारतीय नहीं चाहते कि हमारे बच्चे हिंदी भाषा सीखें सभ्यता को जानें संस्कृति को अपनाएं या मुझ जैसे अध्यापक को जो हिंदी के क्षेत्र में लगातार कार्यरत है उन्हें हिंदी भाषा को छोड़कर अंग्रेजी भाषा अपना लेनी चाहिए इसका विचार आपको करना है आप कमेंट करके बताएं क्या मेरा साथ देंगे क्या आप और हम सबकी हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने में आप मेरा योगदान देंगे इसका विचार आपको करना है दोस्तों मुझे आपके जवाबों का इंतज़ार रहेगा अंत में बस मैं यही कहना चाहूँगा हिंदी ने फैलाई हैं बाहें अंग्रेज़ी के बंधन को तोड़ो हिंदी ने फैलाई हैं बाहें अंग्रेज़ी के बंधन को तोड़ो अब तो हिंद भी बोल रहा है हिंदी के दामन से खुद को जोड़ो हिंदी के दामन से खुद को जोड़ो मैं आशा करता हूं आप खुद को हिंदी से जोड़ने का प्रयास अवश्य करेंगे क्योंकि कोटि कोटि कंठों की मधुर स्वर धारा है कोटि कोटि कंठों की मधुर स्वर धारा है हिंदी भाषा है हमारी और हिंदुस्तान हमारा है हिंदी भाषा है हमारी और दोस्तों हिंदुस्तान हमारा है सो so, अंत में सिर्फ यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि सब्सक्राइब कीजिए अतुलनीय हिंदी चैनल को वीडियो को शेयर करें लाइक करें और हिंदी परिवार के साथ खुद को जोड़ने पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आशा है मेरे द्वारा दी गई सूचना आपको पसंद आई होगी आप इस सूचना को खुद तक सीमित ना रख करके उन लोगों तक भी पहुँचाने का काम करेंगे जिनके माथे पर अंग्रेज़ी सर चढ़कर बोलती है आज के लिए इतना ही नमस्कार आदाब सचरकाल दोस्तों जय हिंद जय भारत